मध्य प्रदेश में एक और स्टॉप डैम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया डिंडोरी से स्टॉप डैम के जीर्णोद्वार कार के नाम से फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डैम जीर्णोद्द्वार के फर्जी बिल लगाकर राशि ली गई है जिसके बाद जनपद सीओ ने जांच करने की बात कही है डिंडोरी के रूसा में स्टॉप डैम के जीर्णोद्वार कार के नाम से फर्जीवाड़ा किया गया है ग्रामीणों का कहना है कि पांच रुपए की राशि मरम्मत कार के नाम से ली गई जिसे ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत कर आपस में बांट लिया ग्रामीणों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है उनका यह भी कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में विभागीय अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है वहीं ग्रामीणों के आरोपों के बाद जनपदियों ने जाँच की बात कही है समस्या यह है सर हमारे सामने ददरगाली नाला में पांच लाख पैंसठ हजार का जो निर्माण कार्य हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है निर्माण कार्य फर्जी बिल बाउचर लगाकर उस राशि को आहरण कर दिया गया है और लुपूर्ति कर दिया गया है ये उसके सगे संबंध चाचा के बिल बाउचर लगे रहते हैं सरपंच के सगे चाचा के बिल बाउचर लगते है जबकि एनआर में ऐसा प्रावधान नहीं है जो सगे संबंध को निर्माण कार्य में ठेकेदारी दे और उसको हर कामों को ठेकेदारी देकर उसका बिल बाउचर लगाकर पैसा आहरण किया जाए ऐसा ये एनआरजी में ये नियम विरुद्ध है इसका जांच चाहते हैं निर्माणकार की जांच हो और उसकी बिल की जांच होना चाहिए जैसा कि मुझे अभी आपके तौर से मुझे संग, अभी संज्ञान में आया है कि इस तरीके से कुछ हुआ है मुझे एक बार इसको दिखवाना पड़ेगा इसके लिए अगर ऐसा पाया जाता है तो यहाँ से निरीक्षण टीम जाएगी और जिस प्रकार से जांच प्रतिवेदन वो देती है उसके हिसाब से मैं निर्णय